हेलो डियर स्टूडेंट नमस्कार तो फिर से स्वागत है आप लोगों को अपने क्या सर माला चैनल में पहली क्लास हम लोग क्लास नाइन के पहले चैप्टर के विज्ञान की हम लोग पहला क्लास किए थे जिसमें हम लोग पदार्थ क्या है और पदार्थ के अभिलक्षणी गुण और पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किए थे आज हम लोग क्लास नाइन के ही पहला चैप्टर विज्ञान का दूसरी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं पिछले क्लास हम लोग एन बुक में जो पहला पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था पदार्थ के गुणों के आधार पर तो वह क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे आज हम लोग उससे आगे कुछ थ्योरी समझेंगे इसके बाद इसके इस पर आधारित जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात आती है कि पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है नंबर वन ठोस अवस्था दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैसीय अवस्था तो ठोस अवस्था क्या है सॉलिड स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन आकार तथा आयतन निश्चित होता है और जिसे संपीड़ित जिसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है वैसे पदार्थ क्या कहलाएगा ठोस अब क्या समझे कि जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होना चाहिए और तीसरी बात क्या संपीड़न नहीं होना चाहिए तो आकार क्या है किसी का भी जो साइज़ है वो बरकरार रहना चाहिए जैसे कि ये एक बैटरी है तो इसको आप ये हाथ से ये हाथ में लिए तो क्या हुआ कि इसका आकार नहीं बदला इसको यहाँ भी रख दिया तो आकार नहीं बदला आकार इसका जैसा था वैसा ही हुआ तो ये पहली बात का बात को फॉलो किया इसका आयतन अब देखिए इसका जो आयतन है वो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ जितना ही यह जगह ले रही है उतना जगह यहाँ भी ले रही है यहाँ भी ले रही है यहाँ भी ले रही है इसका मतलब क्या इसका जो आयतन है वो सेम ही रहेगा नहीं बदलेगा और इसे संपीड़न नहीं किया जाता सकता संपीड़न क्या है संपीडन का आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी सम्पीड़न का परिभाषा सुन लीजिए एक बार संपीड़न उसे कहते हैं जिसके पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को कम किया जा सके बल लगाकर उसको क्या बोलेंगे संपीड़न तो इसमें अगर बल लगाएंगे तो इसके पदार्थ के जो कणों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि जो ठोस में जो पदार्थ के कणों के बीच जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है मतलब नगण्य होती है तो उसके बीच की दूरी होती ही होती ही नहीं है तो इसको बल के कम कैसे किया जा सकता है संपीर्ण सिर्फ गैसीय अवस्था में होता है क्योंकि गैस में जो है पदार्थ के कणों के बीच दूरी बहुत कम होती है इसलिए उसे अधिक दाब लगाकर उसका जो कणों के बीच की दूरी है उसको कम किया जा सकता है तो समझ गए ठोस किसे कहेंगे जिसका आकार और आयतन और आकार आयतन दोनों फिक्स हो और संपीड़न नहीं किया जा सके उसको क्या बोलेंगे ठोस जैसे कि लोहा पत्थर कुर्सी इत्यादि बहुत सारे ठोस वस्तुएं हैं हम हमारे आसपास और दूसरी बात आती है द्रव द्रव अवस्था क्या वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता और इसे भी संपीर्ण नहीं किया जा सकता है जैसे दूध जल तेल देखिए। हम लेते हैं जल ये क्या है इधर अवस्था है इसका क्या होता है कि आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है ये जितना जगह यहाँ ले रही है जितना आयतन यहाँ ले रही है उतना आयतन ये इसको दूसरी वस्तुओं में अगर कन्वर्ट करते तो यहाँ भी उतना आयतन लेगी लेकिन इसका जो आकार अभी देखिए यहाँ तक है गोल, यहाँ तक इसका ये कटोरी की आकार में है अगर इसको इस तरह लंबी गिलास में भर दें तो ये गिलास का आकार ले लेगी तो हम लोग क्या देखें तो हम लोग द्रव में क्या देखें कि अगर कटोरी की आकार का जल लिए थे हम लोग उसको ग्लास में डालें तो जल ग्लास का आकार ले लिया लेकिन इसका आयतन नहीं बदला था क्योंकि जितना जगह वो कटोरी में ले रही थी उतना ही जगह ग्लास में भी लेगा क्योंकि भले इसका आकार बदल जाए लेकिन उसका आयतन नहीं बदला अब आती है गैसीय अवस्था गैसी अवस्था देखिएगा वे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं मतलब निश्चित कोई भी नहीं होता ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है और जिसे संपीड़ित भी किया जा सकता है गैस को संपीड़ित भी किया जा सकता है अब देखिए इसका ना तो आयतन निश्चित होगा और ना ही आकार जैसे कि गैस को आप जैसे हवा है हवा मान लीजिए एक बैलून में भर दिए तो क्या हुआ वो बैलून का आकार ले लेगा वही हवा अगर साइकिल का ट्यूब में भर दिए तो साइकिल का ट्यूब का आकार ले लेगा ले तो इसका आय आकार निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि एक सरच है इसके बाहर में अभी कुछ नहीं है इसको खींचेंगे तो इसके अंदर क्या गया चूँकि यहाँ पर हवा है तो हवा गया अंदर हवा तो गैस का मिश्रण है इसका मतलब यहाँ इसमें गैस भरा गया अब गैस भरा गया अब इसको लॉक कर दिए यहाँ पे दाब के इसको लॉक कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या है अभी भरा हुआ गैस भरा हुआ है क्या है हवा भरा हुआ है मतलब गैस भरा हुआ है तो देखिए इसका आयतन अभी यहाँ से यहाँ तक है गैस का ये आयतन यहाँ से यहाँ तक है इसका आयतन अभी निश्चित नहीं होता क्योंकि इसको अगर हम लोग इधर से दबाएँगे देखिए ये दब जा रहा देखिए यहाँ तक दब रहा इससे ज़्यादा नहीं दब रहा देखिए इसका आयतन यहाँ से यहाँ तक घट गया है क्यों घट गया क्योंकि इसमें प्रेशर लगाएँ दाब लगाएँ तो इसका आयतन घट गया जितना गैस पहले था उतना ही गैस है लेकिन क्या हुआ इसका आयतन घट गया तो इसका आयतन भी फिक्स नहीं होता अब इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये फिर से ही आयतन बड़ा कर लेगा देखिए तो इसे क्या समझिए कि जो गैस है उसका आयतन भी फिक्स नहीं होता है जैसे कोई भी गैस आप ले लीजिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक बात गौर कीजिएगा गैस में जैसे कि कोई टंकी है टंकी में अगर एक के भी गैस रहेगा ना तो फिर भी चूल्हा में जलेगा और कभी सोचें कि एक के गैस रहेगा तो सबसे नीचे रहना चाहिए तो ऊपर तक कैसे आता है बर्नर तक हमारा कैसे आता है क्योंकि गैस जो है ना गैस का कन बहुत ही गतिशील होते हैं तो पूरा टंकी में गति करते रहते हैं फैल जाते हैं पूरा टंकी इसलिए वो अगर एक के भी गैस रहे बड़ा टंकी में तो फिर भी वो बर्नर तक पहुंच जाता है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आगे कुछ मज़ेदार क्वेश्चन बनाए हैं देखिए रबर बैंड को क्या माना जाएगा क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है क्या ये ठोस है रबर बैंड क्या है रबड़ बैंड जो महिलाएं बाल बांधती है उसको रबर बैंड बोलते हैं तो रबर बैंड को खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है तो क्या ये ठोस है जैसे ये भी एक एक प्रकार का रबड़ बैंड है इसको खींच के लंबा किया जा सकता है तो क्या ये ठोस बोलेंगे इसको हाँ इसको बिल्कुल ठोस बोलेंगे क्यों क्योंकि रबड़ बैंड बाय बल लगाने पर इसका इसका आकार बदलता है और बल हटा लेने पर पुनः यह अपने मूल आकार में आ जाता है अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है जैसे इसका बल लगाएंगे तब इसका आकार बदलेगा और जैसे इस छोड़ देंगे तो यह पुनः मूल अवस्था में आ जाएगा और अगर अत्यधिक बल लगा दें तो यह टूट भी जाएगा इसलिए इसको ठोस बोलेंगे क्योंकि जब तक इसमें बाहि बल नहीं लगाएंगे तब तक ये इसका आकार अपने से नहीं बदलेगा तो समझ गए इसके आकार भी बदलता है लेकिन इसको ठोस ही बोलेंगे अब दूसरी बात क्या है विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेता है तो क्यों ये क्या ये ठोस है हम लोगों ने पढ़ा कि जो ठोस है उसका आकार नहीं बदलता है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी और नमक को हम लोग विभिन्न बर्तनों में हाथों में लेने से उसका आकार बदल जाता है जैसे कि यदि इसमें हम लोग चीनी लेंगे एक कटोरी और उसको ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास का आकार ले लेगा तो क्या चीनी ठोस है क्योंकि इसका आकार तो बदल रहा है तो इसको गौर से देखिएगा जैसे चीनी लेंगे हम लोग तो भले ही चीनी सारा चीनी ग्लास में बदल जाए लेकिन चीनी जो होता है वो छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है क्रिस्टल होता है चीनी का लेकिन उसका जो क्रिस्टल का आकार है वो क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है बल्कि सारे चीनी मिलके के दूसरा आकार बना लेता है तो चीनी और नमक ठोस हैं, क्योंकि चाहे हम चीनी या नमक को हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता तो चीनी के जो क्रिस्टल हैं उसका आकार नहीं बदलता है तो इसको ठोस ही बोलेंगे क्योंकि इसका आकार फिक्स रहता है अब स्पंज क्या है स्पंज क्या है यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है स्पंज देखिए जो साइकिल या गाड़ी के सीट में जो रुई रहता है और या फिर सोफा सेट वगैरह में जो रुई रहता है गद्दा उसको अगर गद दबाएँगे तो वो दब जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कनों के बीच की जो दूरी है वो कम हो गया मतलब सम्पीड़न हो गया और ठोस में हम लोग पढ़े हैं कि इसका ठम संपीड़न संभव नहीं है तो ये कैसे हुआ ये ठोस है या नहीं ये ठोस का नियम पालन नहीं कर रहा तो इसमें देखिए मेनली होता है क्या कि स्पंज ठोस है क्योंकि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं रूही में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु समावेश हो जाता है उसमें वायु भरा हुआ रहता है जब हम इसे दबाते हैं जब इसे प्रेस करते हैं तो वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीण संभव हो जाता है लेकिन ये ठोस है अब देखिए हम लोग ठोस और और गैस के गुणों में अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहला अंतर इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है गैस का इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है दूसरी बात ठोस का घनत्व तो अधिक होता है घनत्व तो अधिक होता है अब घनत्व क्या है देखिए घनत्व क्या है किसी किसी वस्तु के दर्वान की, की प्रतिवान का आयतन मतलब एक इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है उससे उसका घनत्व पता चलता है जिसमें अधिक द्रव्यमान होता है जैसे मान लीजिए ये कटोरी लिए इसको एक इकाई आयतन मान लिए इसको एक इकाई आयतन मान लिए अब इसमें जैसे कि ठोस का घनत्व अधिक होता है मतलब इसमें जितना दरमान होगा एक ठोस वस्तु का और एक लिक्विड जैसे इसमें एक कटोरी जल लिए और एक कटोरी लोहा का चोर ले लिए तो किसका दरमान अधिक होगा ये तो जानते ही हैं कि लोहे का चूर्ण का दरमन एक कटोरी लोहे का चूर्ण पानी के तुलना में लोहे का चूर्ण का दरमन अधिक होगा तो घनत्व उसी को कहा जाता है जो एक इकाई मतलब आयतन को सेम ले आयतन एक इकाई होता है जैसे कि किसी आयतन को फिक्स रखे जैसे मान लीजिए कोई आयतन है इसमें एक सेंटीमीटर लंबी और एक सेंटीमीटर चौड़ी यही होता एक है एक इकाई इसको मान ली हम लोग एक इकाई और इसमें अगर लोहे का चूर्ण लें और एक बार जल लें तो जिसका दरमान अधिक होगा उसका घना तो भी अधिक होगा और अगर जैसे गैस गैस का घना तो बहुत ही कम होता है क्योंकि तो इसमें अगर गैस ले लें तो एकदम ही कम दरमान होगा तो घना तो आप लोग समझ गए तो घनत्व ठोस तो का अधिक होता है और जो द्रव है द्रव का घनत्व तो गैसों से अधिक होता है लेकिन ठोसों से कम होता है और इसका घनत्व तो बहुत ही कम होता है ये कठोर होते हैं जो सॉलिड है वो कठोर होते हैं क्योंकि इसके जो सॉलिड ठोस वस्तुएं के बीच की जो कणों की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है इसलिए ठोस होती है इसके कण एकदम एकदम से नज़दीक नज़दीक होते हैं इसलिए यह अधिक ठोस होते हैं इसलिए अधिक ठोस होते हैं और ये कठोर नहीं होते हैं ये तरल होते हैं क्योंकि तरल किसे कहा जाता है जिसमें बहाव होता है पानी को ऐसे यहाँ पे अगर लोढ़ेल दें तो, दे तो क्या होगा कि वो बहने लगेगी इसलिए ये ठोस नहीं होते हैं ये तरल होते हैं क्योंकि इसके कनों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी कम होती है ठोस की तुलना में और जो गैस है ये कठोर नहीं होती है क्योंकि इसके जो कनों के बीच दूरी है बहुत ही अधिक होती है इसलिए ठोस नहीं हो कठोर नहीं होते इनके कनों के बीज अंतरान्विक बल बहुत ही अधिक होती है चूँकि ये इसके बीच की दूरी कम होती है इसलिए इसके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है आकर्षण बल मतलब इसके बीच बीच बल है वो एक दूसरे से मजबूती से जकड़े होते हैं इसलिए इसके अंतरान्विक बल बहुत ही अधिक होते हैं है। है। मतलब बी... है। है। है। और इनके कणों के बीच अंतरान्विक बल कम होते हैं मतलब ठोस की तुलना में कम होते हैं लेकिन गैसों की तुलना में अधिक होते हैं और इनके कणों के बीच अंतरान्विक बल बहुत कम होते हैं तो गैस के जो कनों के बीच अंतर्णविक बल है वो बहुत ही कम होते हैं इनके कणों में विसरण नगण्य होता है जैसे कि ठोस की जो कण है उसमें विसरण नगण्य मतलब ना के बराबर होता है मान लीजिए ठोस में अगर हम लोग पानी डाल दें तो क्या ये बैटरी घुल जाएगा नहीं घुलेगा, क्योंकि इसका जो कन है उसमें विसरण नहीं होता है अगर यहाँ पे देखिए द्रव में इनके कनों के बीच विसरण धीरे धीरे होता है मान लीजिए कोई भी दो गो चीज लिए हम लोग द्रव का एक द्रव में इसे कटोरी पानी ले उसमें एक एक बूँद सीआई डाल दिए तो क्या होगा वो धीरे धीरे मिल जाएगा सीआई में पूरे पानी को कलर कर देगा तो क्या होता है जो द्रव है उसमें विसरण होता है विसरण हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ लिए थे कि विसरण एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों के साथ मिलना विसरण कहलाता है तो इनके कणों के बीच विसरण बहुत तेज़ी से होता है तो इसमें विसरण होता है लेकिन धीरे धीरे होता है और गैस में जो मिश्रण होता है बहुत ही तेज़ी से होता है जैसे कि मान लीजिए एक आप बंद कमरे में कहीं भी, भी अगरबत्ती जला दीजिए तो तुरंत से एक या दो सेकेंड में पूरे रूम को सुगंधित कर देता है क्यों क्योंकि जो अगरबत्ती का जो धुआं है वो भी गैस है और जो हवा है वो भी गैस है तो गैस में गैसों का मिश्रण बहुत ही तेज़ी से होता है क्योंकि गैसों का जो कन है वो बहुत ही अधिक गतिशील होता है इसलिए इसमें मेविश्रण भी अधिक होता है और देखिए छठानबे इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता तो ठोस को हम लोग पड़ चुके हैं कि इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है इसके कणों के बीच की दूरी को बल लगाकर कम नहीं किया जा सकता है इसे भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है लेकिन गैसों को समपीड़ित किया जा सकता है हम लोग अभी एक सीरेंज का जो उदाहरण में देखें इसके कणों के कणों में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है ठोस के जो कण इसमें बहुत ही कम गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि इसके कण जो गति नहीं करते हैं और द्रव के कणों में कुछ गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण द्रव में विसरण जो संभव है ये गतिज ऊर्जा के कारण ही संभव है क्योंकि द्रव के कनों के बीच की जो दूरी होती है वो थोड़ी कम होती है ठोस की तुलना में इसलिए वो गति करते रहते हैं इसके बीच की दूरी ही एकदम से कम होती है तो ये गतिशील कैसे होगी ये गति करेगी कहाँ इसको तो जगह ही नहीं है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह इसलिए थोड़ा थोड़ा गति करती है और यहाँ पे इसको बहुत काफ़ी स्वतंत्र रूप से जगह मिल जाता है इसलिए तेज़ी से इसके कनों के बीच गति की अधिक होती है क्योंकि ये स्वतंत्र है काफ़ी जगह है तो हम लोग सारणिबद्ध तरीके से ठोस द्रव और गैस में अंतर समझ लिए और बारीकी से इसका अंतर को भी समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे जो एन बुक के जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं देखिए एन बुक में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ सेकेंड पार्ट में पहले घनत्व का डेफिनेशन दे रखा कि किसी तत्व के दरम्यान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं अभी हम लोग घनत्व पढ़ें वही घनत्व का परिभाषा दे दिया है और वो कुछ वस्तुओं को नाम दिया हुआ है बोला है कि अब इन वस्तुओं के घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यक्त करें अब हम लोग को इस वस्तुओं का पहले घनत्व पता करना है कि किसका घनत्व कम है किसका अधिक है और उस हिसाब से हम लोगों को घनत्व की बढ़ते क्रम के अनुसार इसको व्यक्त करना है तो देखिए क्या क्या दिया है वायु चिमनी का धुआं शहद जल चौक रुई और लोहा अब देखिए लोहा इसका सबसे अधिक घनत्व होगा रुई इसका तो इससे कम होगा लेकिन चौक से चौक से भी कम होगा क्योंकि इसमें देखिए सबसे पहले आता वायु फिर चिमनी का धुआं अगर कम घनत्व तो सोचे तो किसका होगा वायु का या चिमनी का धुआं का देखिए चिमनी का धुआं निकलते ही ऊपर ही उठने लगता है तो वायु से कम होगा घनत्व तो चिमनी का धुआँ का तो हम लोग पहले नंबर में रख दिए चिमनी का धुआं अब दूसरे नंबर में क्या रख दिए वायु क्योंकि चिमनी का धुआँ से ठीक थोड़ा अधिक घनत्व तो वायु का हो जाएगा तो दूसरे नंबर वायु रख दिए अब देखिए अब क्या है शहद जल और चौक और रोई अब देखिए कि अगर हम लोग एक इकाई में आयतन में जैसे एक कटोरी चौक लें और एक कटोरी रोई लें तो किसका दरमान अधिक होगा जिसका दरमान अधिक होगा उसका घनत्व तो भी अधिक होगा तो हम लोग जानते हैं कि चौक अधिक दरवान होगा मतलब चौक का घना ज़्यादा होगा तो हम लोग बढ़ते क्रम में व्यक्त कर रहे हैं तो पहले चौक से छोटा वाला लेंगे तो रुई चौक से कम हो जाएगा तो पहले रुई ले लिए फिर देखिए अब चौक है जल है शहद है तो एक कटोरी अगर चौक लें और एक कटोरी जल लें तो किसका घना अधिक होगा तो इस जल का जो द्रव्यमान है वो कम होगा तो इसका घना भी कम होगा इसलिए रुई के बाद जल ले लिए फिर अब चौक का घनत्व तो ज़्यादा है या शहद का जैसे हम लोग एक कटोरी शहद लें और एक कटोरी चौक लें तो किसका ज़्यादा होगा शहद का चौक से कम होगा इसलिए हम लोग अभी शहद ले लिए फिर शहद से थोड़ा ज़्यादा किसका हो जाएगा चौक का तो चौक ले लिए फिर चौक से ज़्यादा लोहा का तो हम लोग बढ़ते क्रम घनत्व बढ़, तो के बढ़ते क्रम के अनुसार सारी वस्तुओं को व्यक्त कर दिए अब दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट में है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणिबद्ध कीजिए तो हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग जो ठोस द्रव गैस के अंतर को सारणिबद्ध तरीके से पढ़े वही इसका आंसर है उसको आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा थोड़ा वीडियो बैक करके इसका जो तो सेकेंड पार्ट है निम्नलिखित तो पर टिप्पणी कीजिए कुछ टॉपिक दिए गए हैं इसके ऊपर डिस्कस करने बोला है सबसे पहली बात आती है दृढ़ता दृढ़ता दृढ़ता मतलब कठोरता दृढ़ता तो क्या है देखिए पदार्थ की दृढ़ता इसके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण होती है पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसी के कारण दृढ़ता होती है यह आकर्षण बल जितना अधिक होगा पदार्थ उतना ही दृढ़ होगा ठोसों में यह बल बहुत ही अधिक जिसके कारण अधिक दृढ़ होता है तो ठोस में कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ही अधिक होता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जिसके कारण यह अधिक दृढ़ होता है जबकि द्रव में उससे कम तथा गैसों में सबसे कम दृढ़ता होती है क्योंकि मेन बात है कि जिसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होगा वो ज़्यादा दृढ़ी होगा और जिसके कणों के बीच आकर्षण तो बल कम होगा वो कम दृढ़ होगा तो ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है इसलिए ठोस ज़्यादा ठोस में ज़्यादा दृढ़ता पाई जाती है और द्रव और गैस में द्रव में तो थोड़ा कम दृढ़ता पाई जाती है लेकिन गैस में बहुत ही कम दृढ़ता होती है अब दूसरी बात है समप्रियता समता क्या है सं संपीड़ित अभी हम लोग जो संपीड़न का थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा किए थे अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को बल लगाकर कम करना समप्रियता कहलाता है दर्वों तथा ठोसों में यह गुणगण्य होता है जबकि गैसों में यह गुण पाया जाता है अभी हम लोग सरिज का जो एक्सपेरिमेंट किए कि जैसे ही उसका गैस पूरा भर जाता है तो उसमें हम लोग बल लगा के उसका आयतन कम कर सकते हैं तो वही वही गुण क्या कहलाता है समीड़ता दूसरी बात है तीसरी में तरलता तरलता के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है तो तरलता किसे कहेंगे देखिए पदार्थों का वह गुण जिससे वह बह सकते हैं तरलता कहलाता है तरलता का गुण गैसों एवं द्रवों में पाया जाता है ठोसों में यह गुण नहीं पाया था। तो ठोस को जैसे ये रखेंगे तो बहने का शुरू नहीं करेगा जैसे इसको रख दिए तो क्या ये बहने लगा नहीं इसलिए इसमें तरलता का गुण नहीं पाया जाता लेकिन जैसे यहाँ पर पानी रख तो क्या होगा पानी बहना शुरू कर देगी इसलिए और जैसे हवा हवा यहाँ तो है ही वो तो बह रही है तो हवा और द्रव में द्रव और गैस में तरलता का गुण पाया जाता है तो तरलता समझ के तरलता मतलब बहना बर्तन में गैस का भरना इसके बारे में डिस्कस करना है किसी बर्तन में गैस को भरने के लिए गैसों को संपीड़ित करके बर्तनों में भरा जा सकता है इन्हें बर्तन में उच्च दाव था कम ता भरा जाता है जैसे गैस को कोई बर्तन में भरा जाता है तो उसे संपीड़ित करके भरा जाता है ताकि अगर गैसों को संपीडित नहीं करके बर्तन में भरे तो क्या होगा कि थोड़े से ही गैस में पूरे बर्तन को भर लेगा इसलिए गैसों को संपीडित करके भरा जाता है ताकि बर्तन में अधिक से अधिक गैस लिया जा सके और इसको भरते समय बर्तन का जो दाब है उसमें दाब को अधिक रखा जाता है और ताप को कम ताकि आसानी से भरा जाए अब आकार आकार क्या है ठोस के कणों में आकर्षण बल या अंतरान्विक बल अधिक होता है जिस कारण ठोसों का आकार निश्चित होता है जबकि द्रव और गैसों में अंतरान्विक बल कम होता है इसलिए इनके आकार निश्चित नहीं होते हैं ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंतरान्विक बल जो है आकर्षण बल ठोस में अधिक होता है इसलिए आकार इसका फिक्स होता है और द्रव और गैस में अंतरान्विक बल कम होता है कणों के बीच इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता गतिज ऊर्जा किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है कोई भी पदार्थ के कण जो गति करते हैं वही गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं ताप बढ़ने पर पदार्थ की कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है गैसों के कणों में अंतरान्विक बल कम होता है जिसके कारण इनके कण गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है गैस में गतिज ऊर्जा अधिक होती है ठोस द्रव में गति ऊर्जा कम होती है ठोस में तो नगन होता लेकिन द्रव में थोड़ी थोड़ी होती है घनत्व किसी तत्व के दरमान प्रत्येक इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं तो घनत्व की परिभाषा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक कटोरी जैसे आयतन में अगर एक लोहा का टुकड़ा लें और एक कटोरी आयतन में जल लें तो किसका दरमान अधिक होगा जिसका दरमान अधिक होगा मतलब प्रति इकाई आयतन में जो दरमान जिसका अधिक होगा वह घनत्व तो अधिक होगा और जिसका द्रमाण कम होगा उसका घनत्व तो भी कम होगा ठोसों का घनत्व तो अधिक होता है द्रव्यों का घनत्व तो कुछ कम व गैसों का घनत्व तो सबसे कम होता है अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है एनसीआरटी बुक का कारण बताइए कुछ दिया हुआ है कारण उसका बताना है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं अब इसका क्या कारण है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है देखिए गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है क्योंकि गैस की गति ऊर्जा अधिक होती है हम लोग पढ़ चुके हैं कि गैस की जो कणों की बीज गति ऊर्जा सबसे पहली बात कि कनों की बीज दूरी कम होता है इसलिए इसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं इसलिए इसका गति ऊर्जा अधिक होती है तथा तो आकर्षण बल बहुत कम होता है जिसके कारण यह चारों ओर अनियमित गति करने लगते हैं इस कारण गैस पूरे बर्तन में भर जाती है अब देखिए एक बर्तन है इसमें गैस के जो कण है बहुत ही दूर दूर पे होंगे तो ये अनिश्चित रूप से जिधर मन तिधर ये गति करने लगता इसलिए पूरी गैस थोड़े से अगर गैस रहे तो पूरे बर्तन में फैल जाता है पूरे बर्तन को भर देती है दूसरा क्वेश्चन है तीसरा पार्ट तीसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता देखिए जब यह अनियमित गति करेगा तो ये गैस की सतह से टकराएगा और गैस की सतह से टकराने से क्या होगा गैस की जो सतह है इसका जो दीवार है उस पर बल लगेगा और बल लगने से इसके जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है, है उसमें बल लगने से ही क्या होता है दबाव होता है देखिए गैस के कण अनियमित तथा तिव्र गति करते हैं इस अनियमित गति के कारण ये बर्तन की दीवारों से टकराते हैं जिससे दीवारों पर बल लगता है जिससे दीवारों पर बल लगता है क्योंकि दबाव जो है बल बटे क्षेत्रफल है मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो बल लगता है उसी को दबाव कहते हैं तो इतना क्षेत्रफल में जितना सारा बल लगेगा तो क्या होगा कि इसमें दबाव बन जाएगा क्योंकि बल बटे क्षेत्रफल ही दबाव होता है इसलिए बर्तन की दीवार पर गैसों के कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है यहाँ प्रति इकाई है जैसे ये क्षेत्रफल है इसमें बल लगा फिर इसमें लगा फिर इसमें लगा तो सब मिला के क्या होगा कि दबाव बन जाता है अब देखिए इसका तीसरा पार्ट लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है अब क्यों ठोस ठोस कहलाती है हम लोग ठोस का गुण पढ़ चुके हैं कि लकड़ी की मेज़ का आकार निश्चित होता है आयतन निश्चित होता है आकार दोनों निश्चित होता है तथा तो इसे संपीडित नहीं किया जा सकता इसलिए लकड़ी की मेज़ ठोस है तो ठोस का गुण सारा फॉलो करता है इसलिए लकड़ी की मेज़ जो है वो क्या है ठोस है वो हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी में हाथ चलाने के लिए कराटे में दर्ज होना चाहिए दर् होना पड़ेगा जैसे हम लोग हवा में हाथ चला लें यही अगर एक लकड़ी का टुकड़ा रहे और उस पर हम लोग हाथ चलाएँगे तो हाथ चला नहीं सकेंगे क्यों क्योंकि जो हवा है तो हवा में कणों के बीच की जो दूरी है बहुत ही कम है इसलिए आसानी से हम लोग हाथ चला लेते हैं और जो लकड़ी है लकड़ी ठोस है क्योंकि ठोस में कणों के बीच की जो दूरी है बहुत ही कम होती है इसलिए हम लोग उसमें हाथ आसानी से नहीं चला सकते हैं तो वही कारण लिखा हुआ कि हवा के कनों के बीज की दूरी अधिक होती है इसलिए हम हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं जबकि ठोस के कनों के बीच की दूरी नहीं होती है जिस कारण ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है सामान्यतः तो ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घन तो कम होता है लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा पता लगा ऐसा क्यों होता है देखिए जो बर्फ़ का टुकड़ा है ना जल से ही बना होता है तो देखिए सामान्यतः तो ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है परंतु जल का जो घनत्व है वो चार डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जल का घनत्व गौर से देखिएगा जल का घनत्व चार डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है लेकिन जब जल को चार डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है तब इसका घनत्व घट जाता है घटने लगता है तब जैसे ही चार तो बर्फ़ बनने के लिए ज़ीरो डिग्री सेल्सियस चाहिए जीरो डिग्री सेल्सियस चाहिए तो देखिए जल का घनत्व तो चार डिग्री पे सबसे अधिक हुआ और बर्फ़ बनने के लिए कितना चाहिए ज़ीरो डिग्री मतलब घनत्व तो यहाँ हो गया सबसे अधिक और यहाँ हो गया कम तो जल का घनत्व अधिक हो गया बर्फ का घनत्व कम हो गया भले बर्फ़ ठोस है लेकिन इसका घनत्व कम हुआ लेकिन जब जल को चार डिग्री से नीचे ठंडा किया जाता है तब तो इसका घनत्व घटने लगता है और दस डिग्री जीरो डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जल के जल जल से कम हो जाता है जीरो डिग्री सेल्सियस पर जब बर्फ़ का घनत्व जल से कम हो जाता है जिसका कारण बर्फ जल में तैरती है तो जिसका घनत्व कम रहेगा जिसका घनत्व अधिक रहेगा तो फिक्स है कि वो ऊपर रहेगा जिसका घनत वो कम रहेगा तो बर्फ़ का जो घनत है वो जल से कम होता है क्योंकि जल का घना तो चार डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे अधिक होता है जैसे ही चार डिग्री सेल्सियस से सेल्सियस नीचे होगा तो उसका घना तो घटने लगेगा और जीरो डिग्री सेल्सियस चाहिए बर्फ़ बनने के लिए तो बर्फ़ का घना तो कम होगा जल की तुलना में तो हम लोग दूसरे पार्ट का जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अब हम लोग अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे आज इतने तक मिलते हैं अगले क्लास में धन्यवाद